सिया में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने पुतला जलाया महिला नेताओं का आरोप है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं एक तरफ ईडीसी ग्राउंड में नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम था तो वहीं दूसरी ओर परासिया में भाजपा महिला मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया महिला मोर्चा की नेता माया देहरिया ने बताया कि कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं पूरे प्रदेश के किसानों का कर्ज माफी करने के नाम पर बेवकूफ बनाया और महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान के नाम पर झूठा आश्वासन दे रहे है महिलाओं को सम्मान के नाम पर लॉलीपॉप दी जा रही है और झूठे बाधे के कारण ये चुनाव जीते चले जा रहे हैं लेकिन अब ये महिलाओं की सम्मान की बात है महिलाएं चुप नहीं रहेंगी जो महिलाओं के सम्मान में सामने आएगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा महिलाओं ने हमेशा से ये प्रयास किया है शिवराज जी चौहान ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है वो अभी तक कोई सरकार दी है न देगी मैं कमलनाथ जी ऐसी चाहती हूँ की महिला सम्मान कार्यक्रम जो रखे है सांसद रहे और कई केंद्रीय मंत्री भी रहे आपकी सरकार 2018 में पंद्रह महीने रही तो कौन सी महिला हित के लिए कम करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे मामा जी महिला के हित के लिए कई योजना बना रहे हैं मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है